है गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग तो गाइज अभी बजे सुबह के छः चलो 7 बजे हमको एक काम है उधर जाएंगे तो आपको पता ही चल जाएगा अभी हम थोड़ी चलो ब्रश करते हैं चलो मुंह धो लेते हैं तब गैस मिलते हैं वीडियो में तो गाइस एकदम से मैंने स्वेटर वेटर पहन लिया ऊपर से चलो गैस देख सकते होंगे आप लोग तो अभी हम अभी हम रेडी होकर जा रहे हैं गाइस दे चलो चलते हैं फिर गाइस इधर से तो एकदम तागड़ा भी हुआ रही है देखो गाइस हम अभी इधर सिटी सेंटर में हैं ये देखो सिटी सेंटर तो गाइस ये सिलगुड़ी का वन ऑफ द बेस्ट शॉपिंग मॉल है जो की सबसे बड़ा है।, तो है अभी देखो देखो सुबह सुबह सुबह सुबह भी भी इतना जाम, इतना जाम ट्रैफिक अब पे चलो चलो चलो चलो कोई रिक्स नहीं लेना रहे तो गाइस काफी पास ही है मार्केट सिलीगढ़ी मार्केट चलो अभी मार्केट में हो रहे हम लोग देख ही सकते होंगे ये है मार्केट का मेन गेट राइट साइड हमारा है ये जो सिलीगुड़ी कॉन्स्टेबल ऑफिस गाइस आते टाइम आप लोग को एक बार ठीक से दिखा दूंगी मैंने अभी तो गैस हम मार्केट में इंटर हो चुके हैं चलो देखते हैं अनार कितने में ले कितने में मिलता है हमको एक कार्टून लेना है हम लोग को चलो इधर गैस देखे देख ही सकते होंगे केले की बिजनेस इधर इधर संतरे चलो गैस हमने चलते हैं किसी अच्छा वाला दुकान में जाएंगे उससे हम रेट पूछेंगे मिलता है तो हमारे रेट में मिल अभी गए जब हम अनार खरीदने आए हैं देख सकते इधर जी जूल दाम दर कर रहे हैं देख कि हम लोग अंडर लेती चलो देखे तो अभी कर सकते तो अभी गए हम लोग को मिल गया ये कार्टून छः सौ का लिया उन कार्टून का तो टोटल 9 किलो है इसमें हम लोग इस चलो चलते गए बाकी तो बहुत ज़्यादा हो रही है देखो चलो हैं चलते बाय द वे गैस करो एक बार एक चेक करो गैस का मेन गेट है गैस इधर से शुरू होता है सिलीगुड़ी बाकी गए हम जाने के टाइम लोग स्कूल से गए हैं अभी नीचे से जा रहे हैं क्योंकि उधर से जाना अलाउ है लेकिन अभी ट्रैफिक जम है ना इसलिए इधर से जा रहे हैं बाकी के व्यू तो एकदम मस्त आ रखे हैं तो एक दिन इधर आएँगे शूट करेंगे इंस्टा इंस्टा में चलो तो गाइज अभी चलो घर आ चुका है हम लोग चलो घर जाकर मिलते हैं वापस तो गाइस अभी मैं घर आ चुका हुआ अभी बजे है साढ़े दस तो गाय चलो सोडर वोटर खोल दिया एकदम धूप हो गई बाहर देख ही सकते होंगे आप लोग तो चलो अभी खाना वाना खाते हैं फिर वापस एक काम आ, वापस से काम पे जाना है जो कि पोस्ट ऑफिस है उधर जाना है तो गई चलेंगे चलो मिलते हैं खाना खाना के बाद गाइस तो अभी गई मैं इधर आया हूँ सिलीगुड़ी हेड पोस्ट ऑफिस देखो इधर गांधी जी की मूर्ति भी लगी हुई है देखी सकते होंगे आप लोग कुछ काम के कुछ काम से आए हैं हम अभी इधर तो गैस, तो अभी पोस्ट ऑफिस से भी घर आ चुका हूँ देखी सकते होंगे आप लोग तो गैस चलो अभी नहाते हैं फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर एक जगह जाना है जीजू के साथ तो गाय चलो अभी नहा धोके रेडी हो तो गायस अभी मैं नहा धोके एकदम से रेडी हो गया हूँ देखी सकते होंगे आप लोग चलो गायस बाहर वेट कर रहे है भैया चलो फिर चलते है उसके साथ अभी मैं जा रहा हूँ इस भैया के साथ जो ये बाइक है ना ये बाइक सर्विसिंग कराना है थोड़ा वॉश वॉश करेंगे चलो तो फिर चलते हैं उधर उधर जाके मिलते हैं न रे बना गाये हमसे नाराज रहना सजाए हम तेरी बरात रहना चुकी है ना। तो अभी ग्रेस चुके हम लोग देख ही सकते हो भैया है उधर अभी देखो भी यही है। तो अभी एक हादसा हो गया है तो अभी गरज का काम तो नहीं हो पाया चलो अभी घर चलेंगे तो भाई चलो अभी घर चलते हैं। गरज का काम तो आज नहीं हो पाया कल करेंगे क्योंकि उन लोग का टाइम हो गया वो लोग भी घर जाएंगे चलो आज घर चलते हैं, लोगों लोग अभी हम इधर रुके हैं चलो सूप खाएंगे सूप खाने के बाद वापस वीडियो में बन जाए तो अभी कहीं सूप पीना हो गया घर चलते हैं चलो तो अभी कहीं सूप पीना हो गया है चलो घर चलते हैं तो तो वापस मैंने घर पे आ चुका हूं। चलो तो सॉरी ओके मैं एक तरीके को आप लोग को विश नहीं कर पा क्योंकि मेरा तबियत बहुत खराब थी आप लोग क्या बताएं और इतना बुखार आ गया कि आप लोग सोच ही नहीं सकते अभी आज से रेगुलर ब्लॉग आ जाएगा मेरे चैनल पे चलो तो आई एम सॉरी एंड हैप्पी न्यू ईयर आप लोग को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से और गाइज वीडियो को लाइक करो ज़्यादा से ज्यादा शेयर करो कि आपकी ये भाई भी थोड़ा कामयाब हो सक्सेस हो यूट्यूब पे तो गाइज अभी वजह है रात के नौ तो अभी देख ही सकते होंगे आप लोग रात के बाद जो है सारे नौ गैस अभी रात के बाद सारे तो मैं खाना बना खा के खाना वाना खा लिया चलो अभी इधर बैठ के हम लोग एडिटिंग करेंगे एडिटिंग वगैरह करेंगे तो गाइस चलो आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए उपाय